तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हैं मस्त होंगे बढ़िया होंगे और घर पर होंगे तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारा फाउंडेशन वाला चैनल पे तो जैसा कि आप सभी को पता है आज यह हमारी मैथ की पहली क्लास है तो आज हम इसमें पढ़ाने वाले हैं क्लास टेंथ की जो मैथ है जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर तो आज उसी पर डिस्कस करते हैं और आज से आपको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर मिलती रहेंगी तो आज फिर पहला जैसा कि पता है रियल नंबर चैप्टर है तो आज उसी पे चर्चा करेंगे एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक लेके चलेंगे आपको जीरो लेवल से मैं यह मान के चलूँगा कि आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है एकदम बेसिक से चलेंगे तो आज जो है वो बातें कुछ कुछ नाइन्थ क्लास की करेंगे क्योंकि टेंथ क्लास की आज होंगी तो टेंथ की बट टेंथ के एग्ज़ाम में वो नहीं पूछी जाएंगी आज टेक्नीसियन के बारे में बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में तो नहीं आएंगी बट आपको पता होना चाहिए तो आज सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मैथ का एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है रियल नंबर रियल नंबर्स तो आज उसी पे पढ़ेंगे और मैं तो सबसे पहले बताते हैं रियल और नंबर्स रियल नंबर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पहला तो है रियल दूसरा बना हुआ है नंबर तो बात करते हैं रियल रियल की बात करते हैं एनी दैट एग्जिस्ट एनी uh, जो एग्जिस्ट कर रही हो डेट एग्जिस्ट एक्चुअली एक्चुअली में जो एग्जिस्ट कर रही हो वो रियल है जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम एक्चुअल एक्चुअल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे हैं तो हम एक रियल बॉडी हैं अब जैसे मैंने कोई ड्रीम देखा तो वो हमने इमेजिन किया है हमने उसको सोचा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको इमेजली बोलते हैं इसीलिए रियल uh, रियल को वो बोलते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट एक कर रहा हो अब दूसरा शब्द यहाँ पे है नंबर तो बात करते हैं नंबर नंबर की यहाँ पे डिफिनीशन जैसा कि लिखी हुई है इट इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू डेट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी यह एक अर्थमेटिक वैल्यू है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसको नंबर बोलते हैं इन दोनों शब्दों से मिल बना हुआ है रियल नंबर तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं रियल नंबर तो पहला बताते हैं नेचुरल नंबर जो आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में क्योंकि ये सारे क्लास नाइन्थ एर्थ के टॉपिक हैं बट मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए इसीलिए मैं आज पहली क्लास में लेके आ आया हूँ बेसिक सी बात है बाकी कल की क्लास में आपको टेंथ का ही बताया जाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं तो नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं हम उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं काउंटिंग नंबर मतलब वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स काउंटिंग नंबर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम कोई चीज़ भी कौई, कौई, कौई, काउंट करते हैं तो उसको वन से काउंट करते हैं जैसे हमने आपको मान लेते हैं पाँच छः बुके दी बुक दी हमने कहा इसको काउंट करो तो आप कहाँ से काउंट करेंगे आप काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे काउंट करेंगे ना कि जीरो वन टू थ्री ऐसे नहीं करते ना तो इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं और जो काउंटिंग नंबर में है वो वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इनफाइनाइट तक जाते हैं मतलब इनका कभी इंड ही नहीं होता है ये चलते ही जाते हैं और जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो वन होता है और सबसे जो बड़ा नेचुरल नंबर है अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो वो आ, हमारा नॉट डिफाइन क्योंकि अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है क्योंकि ये जितना भी लिखते चले जाओगे होता रहेगा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा तो नेचुरल नंबर को और जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं यहाँ पर लिखा नहीं हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैप्टन एन से डिनोट करते हैं कहीं भी आप देखेंगे नेचुरल नंबर लिखा होगा तो उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है अब बात करते हैं प्राइम नंबर की प्राइम नंबर भी आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे बट मैं आपको फिर से बता देता हूं यहाँ पे उसकी जो एक्चुअल में डिफिनिशन है लिखी हुई है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन विच हैव ओनली टू फैक्टर्स जिसके केवल दो ही फैक्टर हो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा हुआ है वन और एंड नंबर इट एक तो एक हो और एक दूसरा जो फैक्टर हो वो नंबर खुद ही हो मतलब सिंपल सा आपको सीधा सा बताते हैं कि जो नेचुरल नंबर कोई हो जो एक से बड़ा हो मतलब एक नहीं होना चाहिए उससे कोई भी बड़ी डिजिट और जिसके केवल दो ही फैक्टर हो अब मैं आपको फैक्टर के बारे में बताता हूँ जैसे मैंने कोई भी डिजिट ले लिया टू तो फैक्ट्री के ऐसे निकाले जाते हैं दो जो है वो वन से भी डिवाइड हो रहा है और टू से भी हो रहा है तो यहाँ पे जो दो के फैक्टर हैं टू भी है वन भी है मतलब जो डिजिट है वो कितने नंबर से डिवाइड हो रही है तो दो से भी हो रही है वन से भी हो रही जैसे हमने डिजिट ले लिया थ्री तो थ्री जो है वो थ्री से भी डिवाइड हो रही है और वन से भी डिवाइड हो रही है जैसे हमने ले लिया फोर तो फोर जैसे यहाँ फोर जो डिजिट है वो दो से से से भी भी भी भी डिवाइड डिवाइड डिवाइड है है है है है क्योंकि की की टेबल टेबल में में आता आता और और खुद हो हो रहा है, है, हो रहा मतलब पे जो दो ही फैक्टर तो, तो आप लोग फैक्टर समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर किन डिजिट से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि जो टू और थ्री है उसके केवल दो ही फैक्टर हैं टू खुद से डिवाइड हो रहा है और वन से डिवाइड हो रहा है इसीलिए उसको प्राइम नंबर में रखा गया है एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है टू थ्री फाइव सेवन इलेवन जैसे मैंने थ्री का भी आप लोगों को फैक्टर करके दिखाया तो उसके भी दो ही फैक्टर आ रहे हैं बट जो फोर है उसके दो से अधिक आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे तो प्राइम नंबर में बस इतना ही है और कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो टू होता है और तो और जो टू एक ऐसा नंबर है जो केवल इवेंट के साथ साथ प्राइम है बाकी जितने भी आप प्राइम नंबर पाएंगे सभी ऑड ही होंगे केवल यही इवेंट नंबर प्राइम नंबर में पाया जाता है और सबसे छोटा भी यही होता है प्राइम नंबर आप बात करते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं फिर उनको क्या बोलते हैं तो आज बात करते हैं कंपोजिट नंबर तो यहां पे डिफिनेशन जैसा कि लिखी हुई है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन विच हैव मोर देन दो फैक्टर पे सीधा -सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी एक तो दो और तीसरा वन आ रहा है मतलब उसके थ्री फैक्टर थे दो से अधिक थे और कंपोजिट नंबर में भी डिफिनेशन में यही कहा गया है कि जिसके दो से अधिक फैक्टर है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर सिक्स एट नाइन टेन मतलब ये सारे कंपोजिट नंबर हैं जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं सिक्स तो सिक्स के करेंगे तो टू से भी सिक्स डिवाइड हो रहा है यहाँ पे थ्री आएगा और थ्री से भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे वन आएगा अब आप, आप लोग देख सकते हैं सिक्स के कौन कौन से फैक्टर है एक तो दो हुआ दूसरा तीन से भी सिक्स सिक्स थ्री की भी टेबल में आएगा एक तो वन से भी डिवाइड हो रहा और सिक्स खुद की भी टेबल में आएगा मतलब यहाँ पे सिक्स के चार फैक्टर हो गए मतलब दो से ज़्यादा लिए इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे तो अभी एक किसने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वह कौन सा होता है तो जो सबसे छोटा कम्पोजिट नंबर है वो फोर है फोर इज़ द स्मॉलेस्ट कम्पोजिट नंबर और सबसे जो बड़ा कम्पोजिट नंबर होता है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की आप लोगों ने यह भी टॉपिक क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा शायद नहीं पक्का ही पढ़ा होगा बट शायद कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो कुछ बच्चों ने ध्यान ना दिया हो तो इसको रिपीट कर देते हैं और जो ये को प्राइम नंबर है ये क्लास टेंथ में भी यूज होगा अभी आगे इसी चैप्टर में तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है को प्राइम नंबर को जानना आखिर क्या है को प्राइम नंबर इसको आप लोग जान लें क्योंकि अभी आगे जब आप लोग को प्रूव करना होगा कि प्रूफ डेट अंडर रूट थ्री इज एन इेशनल नंबर तो उसमें इसका यूज होता है तो आप बताते हैं को नंबर तो को नंबर की यहाँ पर डिफिनीसन लिखी हुई है टू नंबर्स आर साइड टू बी को प्राइम इफ देर एच सी एफ एच वन यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है सिंपल भाषा में कि कोई भी दो नंबर को uh, प्राइम नंबर तब होंगे या कहलाएंगे जब उनका एच सी एफ वन हो उनका जब एच सी एफ वन हो तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ एच का क्या होता है आप लोगों ने एच भी क्लास नाइन्थ अर्थ सेवन्थ में पढ़ाई होगा एच एंड एल निकाला जाता है तो एच का मतलब होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मैंने एच बोला कि दो दो डिजिट ले ली हमने फोर और एट हमने बोला इसका एच क्या होगा तो एच सी इसका निकालने के लिए इसको हम प्राइम फैक्ट्राइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और यहाँ एट के जो फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ पे अब बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे इतना कॉमन मिल रहा है तो इसका जो एस है वो फोर हो जाएगा मतलब कहने का सिंपल है ये है जो दोनों में कॉमन मिलेंगे हम उन्हीं को लेंगे केवल और जो कॉमन नहीं मिलेंगे उनको नहीं लेंगे फिर से एक बात हम हैं जैसे फोर के यहाँ पे फैक्टर निकल के आए थे टू इन और इंटू वन वन लिखो या ना लिखो क्योंकि टू टू या फोर इंटू वन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ही रहता है तो वन से यहाँ लेना देना नहीं है अब जो एट है उसको हम लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मतलब हाईएस्ट हो कॉमन भी हो तो यहाँ पे एक ये टू कॉमन मिल रहा है एक ये टू कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे फोर आएगा तो यही हमारा एस होगा और जो यहाँ कॉमन नहीं बचेगा उसको हमें नहीं लेना है हमें केवल कॉमन वालों को लेना है तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ सी एफ बना रहा हो उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं जैसे यहाँ टू और थ्री लिखा हुआ है तो टू और थ्री को प्राइम नंबर है क्यों को नंबर क्योंकि अगर जो हम टू के फैक्टर करेंगे तो टू आएगा और वन आएगा और थ्री के फैक्टर करेंगे तो इसका थ्री आएगा वन आएगा अब ये तो कॉमन मिल नहीं रहा है ये कॉमन मिल नहीं रहा है तो ये तो आप कॉमन केवल ये वन मिल रहा है तो इसका जो एच है वो वन ही आएगा इसका एस सी एफ निकल के वन क्योंकि ये कॉमन मिल नहीं रहा है इन दोनों में यही कॉमन मिल रहा है वन तो इसका एस वन है इसीलिए और यहाँ पे डिफिनेशन में भी यही कहा गया है इसीलिए इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे अब जैसे यहां पे लिखा है फोर और सेवन इन दोनों का अगर हम एस सी एफ निकालेंगे तो ये को है आप लोगों ने शायद क्लास नाइन्थ में ना पढ़ा हो क्लास के लिए नया है और शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो तो अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की कि आखिर क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर तो हेडिंग डालते हैं ट्विन प्राइम नंबर इन प्राइम नंबर तो सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि टू प्राइम नंबर क्या होते हैं तो टू लिखते हैं टू प्राइम नंबर बेटा मैं नंबर्स सोल्व फॉर्म में लिख रहा हूं आप लोगों को शायद ऊपर ना दिख रहा हो थोड़ा मैं इरेज कर देता ऊपर ज्यादा हो गया हेलो टू प्राइम नंबर ये इसकी डिफिनीशन है टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू जिनका दो डिफरेंस हो तो सबसे पहले बात करते हैं आ, एकदम देसी सी भाषा में कि कोई भी दो प्राइम नंबर हैं जिनका डिफरेंस दो आ रहा लेकिन जो ये ट्विन प्राइम नंबर है ये को प्राइम नंबर से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि जो को प्राइम नंबर है उसमें जरूरी नहीं होता है कि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए बट ट्विन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है इसमें दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और उनका डिफरेंस दो आना चाहिए अब जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं बात करते हैं जैसे हमारा टू प्राइम नंबर है और थ्री भी प्राइम नंबर है बट वो दोनों टू ट्विन प्राइम नंबर इसलिए नहीं क्योंकि उनका डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है बट चाहिए। बात करते हैं थ्री और फाइव की, तो ये जो है, प्राइम है। और थ्री ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि थ्री भी प्राइम नंबर है और फाइव भी प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस भी दो आ रहा है तो इसीलिए ये ट्व प्राइम नंबर है और इन दोनों का प्राइम होना मस्ट है ट्विन प्राइम नंबर में बट को प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए बट इसमें मस्ट है कि ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए जैसे मैंने और एग्जांपल ले लिया फ़ाइव और सेवन फाइव और सेवन भी ट्विन प्राइम नंबर हैं क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है सेवन भी प्राइम नंबर है फाइव भी प्राइम नंबर है इनका डिफरेंस दो आ रहा है तो ये ट्विन प्राइम नंबर है ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं ट्विन प्राइम नंबर के फाइव सेवन हो गया और हम ले लेते हैं इलेवन और भी, क्योंकि भी बारे, बारे, बारे में नहीं हुआ है, हुई है बात तो अब हेडिंग डालते हैं होल नंबर आखिर क्या है होल नंबर आप लोग क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं होल नंबर के बारे में तो हेडिंग डालते हैं होल नंबर होल नंबर वो नंबर होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है और साथ में अगर उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाएगा तो आल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो सभी के सभी नेचुरल नंबर और उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर बोलेंगे तो जैसे कि नेचुरल नंबर पता है वन से स्टार्ट होते हैं बट हो जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इनफाइनाइट तक जाते हैं तो उनको होल नंबर बोलते हैं अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो नहीं आता है बट कभी कभी ऐसे जनरली कोई पूछ लेता है कि आर नेचुरल नंबर आर होल नंबर तो ये जो स्टेटमेंट है कि नेचुरल आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे होल नंबर होंगे और एकदम इसके अपोजिट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि आल होल नंबर आर नेचुरल नंबर तो यह जो स्टेटमेंट है यह फॉल्स हो गई कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि नेचुर होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है इसीलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं ये बेसिक सी बात है आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ी होगी बट मुझे लगता है अभी यहाँ बताना जरूरी है अब बात करते हैं रेशनल नंबर की उसके पहले मैं बात करता हूँ रियल नंबर तो रियल नंबर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है मैं पहले से बता चुका हूँ और जो रियल नंबर में आखिर आता क्या क्या है तो रियल नंबर में दो नंबर आते हैं एक तो आता है नेचुरल नंबर एक आता है सॉरी एक आता है रेशनल जो रियल नंबर है उसकी जो डिफिनिशियन हम लिख सकते हैं द नंबर विच रिप्रेजेंट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करती है उसको हम नेचुरल रियल नंबर बोलते हैं या जिसको हम जो नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं और इसकी दूसरी डिफिनेशन यह भी हो सकती है कि रियल नंबर आर कंपोज्ड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर तो अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बात करते हैं आ, रेशनल नंबर की पहले देन उसके बाद इरेशनल तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर तो न, रेशनल नंबर हेडिंग पड़ चुकी है अब इसकी डिफिनिशन लिखते हैं द नंबर the numbers that can be represent in the ये नंबर मतलब, मतलब यह है कि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो पी और क्यू है वो इंटीजियर होने चाहिए और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है जैसे भी हमने कोई एग्जांपल एग्जांपल में हमने ले लिया रेशनल के, seven, तो ये एक नंबर है क्योंकि इसको जो फाइव अपॉइंट सेवन है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में है पी को हम फाइव मान लें और क्यू को सेवन मान लें तो ये पी वाई की फॉर्म में है और सॉरी बच्चों और जो यहाँ पे आ, क्यू है वो जीरो नहीं है क्यूँ जीरो नहीं है सेवन है तो ये जो एग्जांपल एक है एकदम सेटिस्फाई कर रहा है इसको तो ये एग्जांपल रिफरल नंबर का है अब क्यों ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए इस पर बात करते हैं क्यों क्यों जो क्यों है वो जीरो क्यों नहीं होता अगर मान लेते हैं मैं ऐसे लिख देता हूँ एग्ज़ाम्पल में थ्री अपॉइन तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर बेटा आएगा नॉट डिफाइंड इसको डिफाइन नहीं कर सकते बस इसीलिए हम अपॉन में जीरो नहीं रखते हैं इसका क्योंकि आंसर नॉट डिफाइन आएगा इसीलिए रेशनल नंबर नहीं है जैसे हमने यह एग्जांपल लिया थ्री अपॉन जीरो अपॉइंट थ्री तो ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो आंसर हमको मिलेगा इसका आंसर जीरो मिलेगा क्योंकि तो इसका आंसर नॉट डिफाइन नहीं मिलेगा इसका आंसर जीरो मिलेगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यू जीरो नहीं है क्यू थ्री है और ये सर्टिस्फाई भी इसको कर रहा है इसीलिए ये एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है और भी एग्जांपल हैं जैसे मैंने एग्जांपल में लिख लिया फ़ाइव हमने लिख लिया सिक्स बाई ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं आप बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आ, पाई जैसा कि आप लोग जानते हैं पाई के बारे में पाई बताते हैं आप लोगों को ये पाई होती पाई होती और इसकी जो वैल्यू होती है वो ट्वेंटी 7 होती आप ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन है आ, ये p और इसको क्यों मान लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है p एंड q इंटीजर भी है इंटीजर होने के साथ साथ q जीरो नहीं है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये रेशनल नंबर एक है जो तो क्या पाई भी रेशनल नंबर है? जी नहीं पाई नंबर नहीं है पाई इरेशनल इरेशनल नंबर नंबर है है है पाई जो है है, जो पाई जो जो वो की वैल्यू ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की एक्चुअल वैल्यू बहुत 3.1 और कर करके कुछ समथिंग होती है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट ये रेशनल नंबर है और पाई हमेशा इरेशनल नंबर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है पाई इरेशनल नंबर और रेशनल, तो आप लोग उसको इरेशनल बोलिएगा सॉरी और जो ट्वेंटी टू अगर दिया हुआ है अगर जो उसको पूछता है, है या इेशनल नंबर तो ट्वेंटी नंबर होगा तो ये रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर है इसको हटा देते हैं अब डिंग डालते हैं इेशनल नंबर की आखिर इेशनल नंबर क्या होता है इेशनल नंबर एकदम अपोजिट होता है रेशनल नंबर पे सेम डिफिनीशन यही रहेगी बस इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में और जो इर नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं p by q की फॉर्म में बाकी जो इसकी डिफिनेशन है वो सेम इसके लिए बस थोड़ा वहां नॉट लग जाता है तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं जो की वो एकदम अपोजिट है ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो जैसे मैंने एक्जाम्पल में बोला थ्री जो रूट थ्री है ये इेशनल नंबर है और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पाई पाई ज आल्थवा इेशनल नंबर पाई हो गया रूट फाइव हो गया रूट सेवन हो गया ये सारे इ नंबर हैं और इेशनल नंबर हैं इनको हम पी पाई क्योंकि हमें रिप्रजेंट नहीं कर सकते और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं नोट्स डाल के चाहे तो आप लिख ले वरना कोई बात नहीं अंडर रूट में अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे इेशनल नंबर होंगे रूट के अंदर आप जितने भी प्राइम नंबर लिखेंगे वो सारे इ नंबर होंगे सारे के सारे इेशनल नंबर होंगे तो ये थी हमारी आ, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर और ट्विन प्राइम नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इन सारों चीज़ों की बातें अब जो कल से है मैं आपका स्टार्ट करूंगा क्लास टेंथ के लिए क्योंकि okay, अब नाइन्थ में हो चुका है बस नाइन्थ क्लास का इतना ही था थोड़ा बहुत और है वो आप लोग जानते ही होंगे बेसिक्स बस इतनी ही बातें थी और जो आप लोगों को नोट्स अगर डाल के लिखना चाहें तो थोड़ा और लिख सकते हैं जो रेशनल नंबर होता है इसके जो डेसिमल uh, एक्सपेंशन होते हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो टर्मिनेट हो जाता है दूसरा टर्मिनेट नहीं होता है तो जो टर्मिनेट हो जाता है उसके एक भी पार्ट नहीं है वो सीधा रेशनल नंबर हो जाएगा और जो नॉन टर्मिनीटिंग है उसके दो पार्ट होते हैं एक होता है एन टी आर और एक होता है एन टी एन आर मतलब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब उसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रीकर है वो रेशनल नंबर है बाकी जो एक दूसरा बचा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर होता है तो ये होते हैं इसके डेसीमल एक्सपेंसन और क्लास नाइन्थ में जो कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इनटू पी वाई क्यू की फॉर्म में ये पूछे भी जाते हैं बट क्लास टेंथ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो लोग क्लास नाइन्थ में होंगे मैं उनको जरूर पढ़ाऊंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिप भी होती है वो भी बताऊंगा तो आज की क्लास में बस इतना ही अब कल से हम लोग क्लास टेंथ की सीधे बात करेंगे अब सारी जो जितनी भी आप लोगों की नाइन्थ का जो बेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है आज की की क्लास में अब कल थे जो है वो टेंथ की बातें करेंगे और रियल नंबर के रियल नंबर में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो सकता है ये आप लोगों को बताना भूल गए थे कि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना या तो रियल नंबर रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जैसे स्टेटमेंट में आ जाता है कि आल रेशनल नंबर आर रियल नंबर तो यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है ऐसे ही एक और स्टेटमेंट आ जाती है आर आर आल इेशनल नंबर आर आर रियल नंबर तो यह स्टेटमेंट है, है यह भी करेक्ट है बट कभी कभी अपोजिट आ जाता है कि आल रियल नंबर आल आल रियल नंबर आर रेशनल नंबर तो यह जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही हम है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में जो क्लास टेन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नाइन्थ का बेस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का बेस नहीं बचा होगा पूरा कंप्लीट हो चुका है हमने बेसिक से पढ़ा है तो अब कल की क्लास इस्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करते हैं उसमें आपको जो फंसने के चांसेस हैं वो कम होंगे क्योंकि आपको सारी बात बता चुके हैं जो कल पढ़ाएंगे ये सारे टर्म जो हैं यूज होंगे तो एक बार सभी टर्म को रिवाइज कर लेना और ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं बट आप लोगों का फ़र्ज़ है रिवाइज़ करना तो इनको बस दिमाग में बिठाए रखना और एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से नहीं तो क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बट याद रखना आगे भी ये काम आएंगे ये पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे आपको कभी छोड़ना नहीं है तो आज की क्लास में इतना ही अलविदा लेना चाहता हूँ आज की क्लास से तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों